आज हम आए हैं स्कैन कर टिकट स्टार्ट हो चुकी से ये, ये, ये का पुराना को के बारे में। यहाँ पे और ये विलेज के अंदर ये मेमोरियल है और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे कपल्स को आते के साथ ये सारी बिल्डिंग्स दिखेगी और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और यहाँ पे ये पता नहीं कुत्ता भी है कुत्ता वो कुत्ता देखिए हमारे यहाँ के इनकी दूर से आज कुत्ते आज की कर है ये कुत्ते आज के कर रहे हैं यहाँ पे ये गए गए ये मीटिंग होने वाली है लोग आई और ये देखो ये हमारे पीछे बहुत सारे ये क्या कहते हैं इंडियन प्लेस हिस्टोरिक प्लेसेज है और यहाँ पे आप सबको सोचते ही हो क्या होता होगा यहाँ पे बहुत लोगों के यादे। यादें बनते हैं यहाँ पे कपल्स के दिन जाने का रास्ता उधर है ये यहाँ पे मार्बल्स हमें मिला यहाँ पे का जूम बहुत कम होता है ओ तो मैंने oh, we... के नाम से ये यहाँ <laughs> लव कविता ये यहाँ पे भूतिया रास्ता है इस भूतिया रास्ते में से हम ऊपर जा रहे हैं और ये हम आ चुके हैं से हम आए थे ओह माय गॉड रशियन दिखाइए और ये देखो बस था। सुना था रशियन के बारे में आज वो दूर-दूर से आते हैं लोग विजिट करने के लिए और ये सब यहाँ का मकबरा ये थ्री डोंगड वाली बिल्डिंग और इसका पोस्टर लगा रखा है यहाँ पे पढ़ सकते हो है में। ये देखो यहाँ पे सुंदर सुंदर ट्रीज है और अब यहाँ पे हमें थोड़ी भीड़ दिखाई देने लगी लग है ये कबर है भाई। ये देखो ये कबर है पक्का है। ये हवेली का <laughs> या फिर टट्टी करने की जगह किसी की ओहो <laughs> ये देख यहाँ पे टॉयलेट है और और ड्रिंकिंग। इसके अंदर चल रहा है पंखा ये बाथरूम में पंखा लगाने का नया डिजाइन है ये मैं आ गया हूँ कूद के ये बैठ गया ये मैं सुपरमैन भागते-भागते-भागते आया और ये दोनों को फेल दोनों के तो फेल होते हुए अभी और ये चोट लगी गई रील शूट करी थी वहां पे जो कि मेरे इंस्टाग्राम आई पे और यूट्यूब पे दोनों पाएंगे जबकि हमारे दो महीने कंप्लीट हुए थे दिखाना है ना आ, दिखाना है दो तीन फोटो दिखा देंगे उसके बाद आज हम मोमो खाने और ये हमारे मोमोस बहुत, बहुत टेस्टी थे और ये हमारा बचा हुआ खाना है जो कि देख रहे आप हमने कितनी गंदी तरीके से खाया और इसमें बहुत टेस्टी था लाजवाब मेरा और चिराग का पंजा लड़ना शुरू हो चुका है ये चिराग जीतते हुए जीते हुए अब ये एकदम से मैंने हाथ लगाया एकदम लगाया तो ये ये भाई साहब भाई साहब ये हार गया चिराग बहुत मिलता है आपको